दोस्तों आपके प्रंस चैनल द एग्जाम में आप सबका स्वागत है दोस्तों बी की तरफ से आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये स्टेंट इंजीनियर सिविल रिटेन कंपिटेटिव एग्जामिनेशन का आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर एक दो है तो इसका एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया गया है आप जाकर अभी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको बीपीएससी की तरफ से आवश्यक सूचना भी बोल दिया गया है क्या इसमें है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर एक स्लैश दो हज़ार उन्नीस सहायक अभिन्नता यानी कि सैनिक लिखित यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का ई प्रवेश पत्र यानी कि ई एडमिट कार्ड आपका आयोग के वेबसाइट पर दिनांक पाँच तीन दो यानी कि अभी अभी इसे अपडेट किया गया है तो इसे आप देख सकते हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यदि ई प्रवेश पत्र में ऑनलाइन आवेदन में भर भरे गए विवरणी से भिन्नता पाया जाने पर सुधार हेतु आयोग के कार्यालय में आप लोग संपर्क करिएगा और इसको आप डाउनलोड कहाँ से करिए तो पर आपको वेबसाइट दिया गया है www.bpsc.bih.nic.in यहाँ से आपको ये डायरेक्ट लिंक है आप, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ये www.onlinebpsc.bih.gov.in से आपका डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे बोला गया है उम्मीदवारों को डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएंगे दोस्तों तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपने यदि इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट वैकेंसी या फिर कोई भी एग्जामिनेशन होता है उससे रिलेटेड अपडेट आपको देखने के लिए मिलती रहती है तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ नए अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद